ये लास्ट मौका है आपके पास अंतिम मौका है यही रातें अंतिम है यही रात भारी है रामायण का एक गीता ना बस ये अंतिम मौका आपके पास दो या ढाई महीने का मौका है अब कुछ करना है तो भैया कर लो 18 साल के हो गए माँ बाप बेचारा था न कब तक पाड़ेगा तो माँ बाप था कब तक किताबा ले आगे देगा माँ बाप कब तक पीसा दे तू कद करेगा माँ बाप खातर अरे तेरी भी तो कुछ जिम्मेवार बनती होगी खेत में दस घंटा काम कर रहे हैं और साहबजादे जो है ना वो बैठे बैठे आईपीएल खेल रहे हैं बाप बेचारो पसीना में लाग रहे बेटा ना आईपीएल की टेंशन है आ टेंशन है क्या फोकट में क्या देखो फोकट में देखना हो कोई जो तरीको लाद्या नहीं तो तीन तेरा कर दे बेटो मुना जलनो पड़ेगा खुद ने या तो काम कौन सा उजाला मांगने आया था रोशनी की भीड़ से हम अपना घर ना चलाते तो और क्या करते खुद को जलना पड़ेगा पढ़ने का मन नहीं होना तो भी पढ़ना पड़ेगा सिर दर्द हो तो भी पढ़ना पड़ेगा चलते चलते भी पढ़ना पड़ेगा नींद आ रही हो तो भी पढ़ना पड़ेगा जलोगे नहीं तो ना तो भैया सपना ही रह जाएगा बेचारा और जब वो गुजर जाएंगे ना बाद में अगर तू धोती भी फिर इल्ला मार बोकरी बोकर डापा बोकरी ओ बापू एक बस मेरी इच्छा ही मेरी कमाई हूं धोती दियो बापू फिर कोनी आओगो क्योंकि ऊपर गेडा कभी वापस कोनी नहीं आ अठारह बीस साल का हो रहे हैं तो कद करांगा पा ये अंतिम मौका है अपने तो क्या है पहले पोती सपना छोटा नहीं देखती छोटे मोटे तो सपने देखते ही नहीं है या तो सीधे आई के कॉलेज लाइफ में किसी से भी पूछ लो जैसे अभी बारहवीं चल रही है बारहवीं में किसी के अस्सी आए किसी के नब्बे किसी के सत्तर पूछ लो उनको क्या बनना चाहते हो आई आरएस, मतलब आई आरएस आर एस नीचा तो सपना ही कौन देखा जब भी मैदान में कूदते हैं सीधे बड़ी टक्कर कोई ऑनलाइन आ रहा है ना, तो ऑनलाइन में बहुत बड़े बड़े नाम है अपने भी बहुत बड़े बड़े जिनसे फेसबुक जिनको फंडिंग देता है एक बिलियन डॉलर की दे रखी है ऐसे ऐसे बड़े नाम है सीधे उनसे टक्कर मान लेते हैं कोई गायकार बनना चाह रहा है तो सीधा का सीधा सोनू निगम से टक्कर बोल बो सोनू निगम आगे निकलू मैं तो अरे तो मुना पहले डंगू काम तो कर ले आईएस बाद में बन जाइ पहले छोटी मोटी नौकरी लाग जा ऐसा बन जा रहा राजस्थान में अभी ऐसा ही जिसकी फैसले हो पहले पुलिस में ऑलरेडी तो पहले लाग जा क्या मेहूर बाद में लाग जा लेकिन आ, छोटा मोटा तो काम कराई को नहीं अब भैया मन लगा के पढ़नो तो पड़ेगा हारमोन आयकर आराम खोर हारमोन है साइंस में तो बिन पतो नहीं रुलेक्सिन कोई नाम है वो हारमोन हमेशा यही कहता है अरे रुक, रुक जा आप दौड़ करने जाओ लगभग आप पांच सौ मीटर चलोगे ना इतना हारमोन को रुक जाए कौन रहने काल भाज काल किताब पढ़ने बैठो नार है काल पढ़ा की कौन वो हारमोन बड़ो खराब कर रहे हो भाई साहब सारा नहीं कर रहे वो था कौन कर रहे हो और एक गाँव में कहीं बता ना रहा कई के बेचारा गरीब है पढ़ रहे कुछ अमीर जादे है ना अमीर जादों को एक डायलॉग ने खत्म कर दिया अरे तन्ना पढ़ना ही क्या जरूरत है तेरे बाप कन तो घुणी जमीन है जमीन है भटका भराओगे तो काल पढ़ रहा है देख ले तेरे बाप का जमीन है तेरे बाप ने भी कमानो पड़े तेरे बाप भी काम करे तन्न करना पड़ेगा तुम्नों क्यों जरूरत है यार तेरे को घुना ही रुपया है तेरो बाप कन तुम्नों पढ़ना ही क्या जरूरत है सारा मुक्का ही मारिए जैसे कोई बात बोले इन डायलॉको ने कई अमीरजादों की जिंदगी खराब कर दी पढ़ना पड़ेगा काम आपको ही करना पड़ेगा थोड़े दिनों बाद कोई फोन को नहीं उठाओ बोलो तो मांग तोड़ रुपया मांगो के, क्योंकि मांगना पड़ेगा और इलाज किए तो नौकरी नहीं लगा तो क्योंकि साहबजादे के पास फेसबुक है तीन घंटे चार घंटे के लिए व्हाट्सअप भी है साहबजादे के साथ बात करने के लिए दो चार लड़कियां इतना साहब जाता तुम चढ़ रहे जान के रो क्यों ही हो रहे हो गयो यमी को हम आता पढ़ाई करनी पड़ेगी झगड़ा नहीं वह लेकिन आऊं जो को ऊपर उठ जाए नहीं। 20 और 25 के बीच में जो संभल के चल लेता है ना वो जिंदगी में आगे बढ़ता है नहीं इस बार लास्ट में कहा तो पंद्रह हजार की नौकरी ढूंढता फिर होगा ये लास्ट मौका है करो तो मेरे साथ तैयारी कर लो जीव के काट है साची बात बोल रही हूँ मैं हाँ तो पड़ नींद में तो पड़ पढ़नो पढ़ो बड़बड़ानो पड़ेगा नींद में बटबड़ानो पड़ेगा मेरा दिमाग तो बहुत है मैं पढ़ूंगा तस् में माराओगे दिमाग को क्या करो फिर तेरे बोलो येद जी क्या साबित करियो तेरे को बोलो है कोई चीज सबूत है लोग आप तो ही कहते साबित करने की जरूरत कोनी मेरा बहुत दिमाग है तो दिखा तो शुरू दिमाग आई लिया फिर बढ़िया दे टॉप टेन मा बेहतरीन नहीं बनना कोई बात नहीं तू तो लास्ट रैंक पर ही सिलेक्शन करवा ले कोई कौन पूछे कौन सी रैंक आई है आप टीचर बन जाओ कोई नहीं पूछेगा थर्ड ग्रेड है सेकंड ग्रेड है फर्स्ट ग्रेड है टीचर टीचर है हाँ मास्टर कोई कौन पूछे को, सेलेक्शन रिपिया बीता तो पहली रैंक आ रही मिलेगा और बीताई लास्ट रैंक का मिलेगा अपने तो मां घुसो की घुस जाओ बुलाई हाँ मतलब भाई साहब साहब जा के बाद सुनाओ चल रहे पूरी रिपोर्ट है रातों रात समीकरण बदल गया भी चीज की रिपोर्ट है कौन सा वोट किया रात में बदल गया रात ने वो इता गये और बारह बजे गये और इतना इतना रुपया दिया बुदलो इतना नॉलेज अठ मैसेज कर कर करिए गुरुजी एग्जाम डेट आगी गई गई गुरु जी पेपर कद यो कौन बेरो बिन लेकिन गांव में क्यों हो है चुनाव किया समीकरण बदल रहा बी चीज को बिन सारो बेरो करेगो दो दिनों में सोच लो है कहानी पढ़नो पढ़ेगा सरपंच कोई अजी होगा पढ़नों तो नहीं ये लास्ट मौका है आपके पास अंतिम मौका है यही रातें अंतिम है यही रात भारी है